ये hey, पागल बाबा कृष्ण भक्ति के लिए सानू पुलिस वाला बन गया राहुल भी आकाश को सरकारी जॉब लगे बाबा रोहित को भी हैल का मह कुमार शान वाले हैं सुबह सुबह पागल बाबा मंदिर ठीक यहीं पे है उनकी कहानी ये है कि वो उनको एक बार ज़रूरत पड़ी थी तो भगवान उनके लिए दौड़े आए थे तो उनके नाम से एक मंदिर बनाया गया है कई लोग आपको दिखे होंगे जो सफ़ेद वस्त्रों में और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ आ, मतलब बालों में छोटे छोटे बाल छोटी रखते हैं ये उनका जो है कोई फैशन नहीं है ये एक्चुअली मंदिर की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं वेद मंदिरों का पाठ करते हैं ये है प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर से अब आप, आपको इस तरह का एक बोर्ड दिखेगा यहाँ से बात फिर आपको यहाँ से बाबा पागल बाबा मंदिर के लिए ऑटो मिलेगी पागल बाबा मंदिर पागल बाबा मंदिर, मंदिर देखिए ये भी पूरा संगम्मद का ही बना हुआ है सफ़ेद का इधर ये धर्मशाला भी रुकने के लिए लोगों के लिए बनाई गई है दोनों तरफ है माता सुदेवी कुंड कोई तालाब है शिव मंदिर है पहला मंदिर है जो मुझे भगवान भोले बाबा का दिखाई दिया है यहाँ पे ये मेरे पीछे है और अभी तक मुझे शिव मंदिर नहीं दिखाई दिया सिर्फ राधा और कृष्णा ये किसी भी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है और और ज़्यादा खूबसूरत ये बताऊँ तो ये मुझे किसी डिज्नी वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा है इसकी खूबसूरती देख के ना तो मन बाग बाग वास्तव में हो जाते हैं एक ये बाग एक मन में बाग बाग हो जाता है ये मंदिर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है हम थर्ड फ्लोर तक जा सकते हैं इस पर तो कोई मतलब रूख रूख नहीं जैसे दूसरे मंदिरों में थी तो चलते हैं ऊपर की तरफ देखते को चलने के लिए छड़ियाँ भी भरी हुए, अच्छा लगता है यहाँ पे आने में फिलहाल कैसे कैसे लोग हैं यहाँ का लिखा है पावा पागल बाबा मेरे दोस्त दिनेश की धार दो नुकसान पे ही रहे लोकेशन वक्त और लोकेशन का को कोई अंदाजा नहीं है जो उनके मन में है करना वही है कहीं भी नहीं छोड़ते भाई एग्ज़ाम देना 99% ऐसे थोड़ी आएंगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए और लॉकडाउन में तो दो साल से वैसे भी अस्सी से सबके सबके ऊपर ही आ रहे हैं